कुछ तो तू भी कह दे खामोशी तेरी आती है तूफान ले तो इंतजार दे दे रातें कटती नहीं दिन भी देती ये मेरे हाल दिल की तुझे जिम्मेदार कहते ये बेखबर मैं जिंदा हूँ तेरे ही आसने फासलों तो। से ये मोहब्बत कभी कम ना हो लुटा दू खुद को वादो पे तो फिर कसर क्या हो असर ना होगी कोई दवा भी मुझ दिवाने पर गवाह है रात तेरे में जॉब करना